सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जो भी हमारे आज छात्र संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का एग्जाम देने प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं ईश्वर से और आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई दर्शकों की जो है आप लोग जो भी दर्शक शामिल हो रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में क्या ऐसा प्रयोग करें कि आज का पेपर उनका अच्छा जाए भाग्य का उनको साथ मिले तो शुरुआत आज हम इसी से करेंगे और अधिक समय नहीं लेंगे तो जो कोई भी परीक्षा देने आज जा रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग की या किसी और एग्जाम जो है देने जा रहे हैं तो आज करना क्या रहेगा देखिए दर्शकों सबसे पहले तो जल का अधिक से अधिक आप लोग सेवन करिए और भ्रामरी प्राणायाम आज कम से कम आप लोग पंद्रह से बीस मिनट जरूर कर लें आप लोगों का मन चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा दूसरा दर्शकों करना यह रहेगा ब्लैक कलर से आप लोगों को अवॉइड जो है दूर रहना होगा ब्लैक कलर का प्रयोग आज कदा भी ना करें यदि आपको कोई कलर का प्रयोग करना है तो आप लोग जो है गेरुआ कलर कर सकते हैं भगवा कलर कर सकते हैं व्हाइट कलर कर सकते हैं भगवा कलर इसलिए बताए हैं दर्शकों की आपके अंदर एनर्जी आए ऊर्जा अयुराज आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत रहेगी तीसरा प्रयोग यह करना है जो भी छात्र आज पेपर देने जा रहे हैं एग्जाम देने जा रहे हैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके तब निकलना रहेगा घर से और प्रयास करिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पूर्व जब आप होटल से या अपने घर से निकलेंगे तो गुड़ की एक बाइट एक डली ले लीजिएगा खा करके तब निकलिएगा तो ये प्रयोग आप लोग करिएगा आपका पेपर अच्छा होगा जल का अधिक से अधिक सेवन करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बोतल में चांदी का एक दो सिक्का डाल लीजिए उसके बाद आप लोग जल का सेवन करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा अब बढ़ते हैं हम अपने जो है आज के राशिफल पर और दर्शकों सात आठ नौ जबलपुर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप लोग मिलकर अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आसपास के क्षेत्र से है तो भी आप लोग आकर के मिल सकते हैं आज के ंग पर दृष्टि डाल लेते हैं और हाँ दर्शकों 15 16 17 बनारस आ रहे हैं तो आप लोग बनारस में भी मिल सकते हैं तो आज का पंचांग क्या कह रहा है 2 जून दिन रविवार और दो विक्रम संवत और सक संबत्नीसौ इकतालीस परी नामक संवत्सर चल रहा है ज्येष्ठ मास है कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि रहेगी और कर रहेगा शकुनी उसके उपरान्त चतुष्पात कर रहेगा नक्षत्र सूर्य का कृतिका नक्षत्र रहेगा सूर्योदय की बात करें तो प्रातः पांच बजकर तेईस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस पर चंद्रदेव का गोचर आज मेष राशि में रहेगा और राहु राहुकाल की बात करते हैं तो शाम को सत्रह बजकर तीस मिनट से उन्नीस बजकर चौदह मिनट तक की है खैर आप लोगों को इसकी चिंता ही नहीं करनी है शाम के समय का है और आप लोगों को शुभ कार्यों को करना हो तो ग्यारह इक्यावन से बारह छियालीस के मध्य कर लीजिएगा क्योंकि रविवार दिन है तो आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर होगा तो प्रयास ये करिएगा जो भी हमारे आज छात्रवर्ग या दर्शक देख रहे हैं इनको यदि एग्जाम पे निकलना हो तो पश्चिम दिशा में ना जाकर के पहले पूरब की ओर पांच कदम चलिएगा और आज है संडे दिन तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा घी और घी में थोड़ा सा मिश्री डाल करके खा करके तब आप लोग निकलेंगे तो आपका पेपर निश्चित ही अच्छा होगा और बुलंदियों को आज आप छूते हुए नजर आएंगे चलिए दर्शकों राशिफल पर बढ़ते हैं हमारी पहली राशि आती है मेष राशि और मेष राशि के साथ को आज आपको चल रहे कार्य में कठिनाई और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जो आपको काफी परेशान करेगा विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए आज आपको सोच अपनी बदलनी पड़ेगी और कोई नई रणनीति के तहत ही आपको आगे बढ़ना होगा शांत रहिएगा और शाम तक की हालांकि वित्तीय मामलों में आपको जो है सुधार आता हुआ दिख रहा है और अच्छा खासा आपको धनलाभ होता हुआ भी शाम तक का दिख रहा है तो जो भी दर्शक हमारे मेष राशि के हैं इनको उपाय क्या करना है क्या ऐसा प्रयोग करें कि आप लोगों का दिन अच्छा जाए तो मेष राशि के जातको प्रातःकाल उगते सूर्य का आप लोग जो है स्वागत करिए सूर्य को अर्घ्य दीजिए आधे तेरते स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए कोशिश कीजिए प्रयास करिए कि ब्लैक कलर को आज व्हाइट करिए और एग्जाम देने से जाने से पूर्व आज आप लोग गुड़ जरूर खाकर के तब निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा गिरुआ कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक राशि फल में हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि तो कैसा रहेगा दिन तो उत्कृष्ट दिन है धन लाभ आज आपको होता हुआ दिख रहा है और बहुत ही धनलाभ आज आपको होगा आज व्यवसायिक संदर्भ में कुछ हासिल करेंगे जो आपके सम्मान में इजाफा करेगा प्रयासरक जातकों को बन रहे हैं। यदि आज सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है कुछ ना कुछ नवीन साझेदारी में आज आप प्रवेश कर सकते हैं पारिवारिक वातावरण उत्सव जैसा शानदार रहेगा किसी मांगलिक उत्सव में धार्मिक ऊपर धार्मिक यात्राओं पर आप लोग जा सकते हैं आज के दिन प्रयोग क्या करना रहेगा तो हृदय स्रोत का आप लोग को तीन बार पाठ करना रहेगा और माता पिता के चरण स्पर्श करके तब किसी कार्य पर घर से निकलिएगा शुभ कलर आज आपके लिए रहेगा जो है पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात मिथुन राशि के लिए सितारे क्या कह रहे हैं तो आज का दिन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए काफी अहम रहने वाला है काफी छात्र सफलता प्राप्त करेंगे एयरपोर्ट में कोई संपत्ति संबंधी मामला लगा है तो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कैरियर में वांछित परिणाम आज आपको आत्मविश्वास की एक नई भावना से भर देंगे आपके कार्य की प्रशंसा होगी कार से संबंधित छोटी यात्राएं सार्थक होंगी जो लोग रिलेशनशिप में है वो शादी करने का फैसला ले सकते हैं और पारिवारिक जीवन आज यथावत रहेगा बहुत खुश रहेंगे सेटिस्फाइड रहेंगे संतुष्ट मिथुन राशि के को आज वाहन अन्यथा दुर्घटना होने की बन रहे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आप लोग रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये ग्रीन रहेगा शुभ अंक आज आपके लिए रहेगा सात हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि कैसा रहेगा दिन और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है एक प्रश्न कोई पूछ सकते हैं। के को रहेगी कला लेखन जैसे से जुड़े हैं, वो आज प्राप्त करते हुए नजर आएंगे साहित्य संगीत टीवी सिनेमा बॉलीवुड हॉलीवुड इनसे जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं उनके जो है लिए आज अपनी प्रतिभा दिखाने का जो है बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे और व्यापारियों के लिए कुछ आज प्रति सौदे प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं शाम तक की बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप में से कोई महत्वपूर्ण अच्छा पर भी आप खर्च करते हुए नजर आएंगे घर में माहौल आनंदमय रहेगा और परिवार के साथ कोई मनोरंजक गतिविधियों में आज आप प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे कर्क राशि के जात को उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज शिवलिंग पर आपको गुड़ जल में गोल डाल के तब अभिषेक करना रहेगा और एग्जाम पर जाने से पूर्व आज दही खा करके आपको निकलना रहेगा शुभ कलर आपका कर सिंह राशि और, और ग्रहों के राजा की चुकी है, रा, है राशि है तो सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो सिंह राशि के जातकों आज आप लोगों को प्रयास ये करना है कि ए, आज भावनात्मक रूप से अलग थलग कुछ महसूस करते हुए नजर आएंगे और आज आपको कई मुद्दों पर जो है से अलग थलग कुछ महसूस करते हुए अपने आप को पाएंगे और आज आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहेंगे लेकिन खर्चों का दबाव बहुत अधिक आपके ऊपर रहेगा आत्मविश्वास के साथ काम करना जारी रखेंगे तो ठीक रहेगा परिवार में सद्भाव स्थापित होगा और बच्चों पर आपको गर्व होगा निर्यात और आयात से जुड़े लोगों के लिए आज यात्राएं संभव हैं। शाम तक की बहुत ही अच्छा आपको हैंडसम मनी एक जो मतलब अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए तो जो हमने कहा था कि इन सात राशियों को होगा धन लाभ तो उसमें से सिंह राशि हो गई वृक्ष राशि राशियों को आज धनलाब होता हुआ दिखाई पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सिंह राशि के जातकों को तो देखिए ब्लैक कलर को आज व्हाइट करिएगा और इलायची का सेवन करिएगा अपने पॉकेट में सात काली मिर्च के आपको दाने रखने हैं तब घर से बाहर निकलना रहेगा शुभ कलर आपका रहेगा आज भगवा कलर शुभ अंक आपका रहेगा अंक छ कन्या राशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हेलो हलो प्रणाम सर हाँ जी नमस्कार बताइए सर मेरा भाई है उसका तो डेट ऑफ बर्थ है सोलह अप्रैल उन्नीस सौ नवासी जी और बारह पी एम दिन का है जी। और लखनऊ का ही लखनऊ तो की है जी। तो इसका ये जी आग... हो रहा है थाई थाई साल तो ये और लेकिन ये चीज़ में तो जो मना वही करते है ये कुछ क्या किस चीज़ ऐसी डिस्टर्ब है कोई चीज़ नहीं जो चीज पढ़ाई पढ़ाई में में ज़्यादा ज़्यादा बहुत ध्यान दे अगर स्ट्रेस हो जाते हैं कुछ माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या नहीं तो कुछ नहीं ए, ना आपने सही हो जाते क्यूँकी इस समय चंद्रमा में राहु का अंतर लाला इनका मन बड़ा आशांत रहता है किसी का कहना नहीं मानते अपने मन भी करते हैं रिशार्ण, रिशार्ण कर रहे है, रिशार्ण है रिशार्ण. अच्छा आ, एक काम करिए इनको पहली बात तो उगते हुए सूर्य के समक्ष आप कहिए कि खड़े हुआ करें दूसरा पारत के शिवलिंग को ले आइए इसको घर में स्थापित करिए और गंगा जल चढ़ा दें उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपे सर आज ही इसके कैरियर कैसा कुछ कर पाए है की नहीं इनको तो जो करना था ये नौकरी ना छोड़े होते बहुत कुछ कर लेते टेंथ हाउस में सूर्य उच्च का हुआ है कैरियर तो इनका बड़ा शानदार सूर्य बुद्ध का आदित्य योग भी इनकी कुंडली में बना हुआ है और स्थान परिवर्तन राजयोग भी कुंडली में तमाम राजयोग लेकर के पैदा हुए हैं जी ठीक है जी, जी। चलिए दर्शकों अब हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों बौद्धिक बौद्धिक गतिविधियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आप लोग लाइक करिए आप लोग लाइक करने में देखिए कंजूसी कर रहे हैं प्लीज फटाफट आप लोग लाइक करिए बौद्धिक गतिविधियों के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला। आप सभी में बहुत अच्छी करते हुए नजर आएंगे, आएंगे उल्लास होगा जो परीक्षा में छा, छात्र बैठने वाले छात्र हैं इनको आज वांछित परिणाम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा बसरते हुए पूरे प्रयास से भाग लें पदोन्नति और आय में वृद्धि के संकेत है विवाह संबंधी कार्यो को अंतिम रूप दिए जाने की आज प्रबल संभावना है पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे और आपकी सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि होगी मौसम में बदलाव का ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य की आज देखभाल करने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करना रहेगा और यदि हो सके तो आज के दिन आप लोग जो है आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार जो है पाठ करके तब किसी एग्जाम में यदि आप शामिल होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चलिए दर्शकों शुभ कलर पर आ जाते हैं तो आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा आठ हमारी अगली राशि आती तुला राशि कैसा रहेगा दिन तो आज परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे अनावश्यक काम में शामिल होंगे और कठिनाइयों का सामना भी करेंगे कुछ भावनात्मक विषय आज, आज आपको तनाव में डाल सकते हैं वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ पारस्परिक संबंध रहेंगे इसलिए अपनी भावनाओं पर अपनी फीलिंग्स पर आज आपको काबू रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुभचिंतकों की मदद से जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी कोई पुराना भुगतान भी आज आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा अर्थात आज आपको धन संबंधी लाभ हुआ नजर आएगा आज आपके बच्चे अपने में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे चलाइएगा तुला के उपाय के उपाय तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करिए और कुंजी का का भी आपको पाठ करना होगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा यह रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक रहेगा यह रहेगा आपके लिए चार हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन कार्यस्थल पर किए गए प्रयास आपको सकारात्मक परिणाम देंगे और मेहनती जातकों के लिए नौकरी में पदोन्नति और व्यवसाय में प्रगति का संकेत लेकर के आज का दिन आया है आर्थिक संदर्भ में सुविचारित निर्णय दीर्घकालिक आज आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे संपत्ति के संबंध में आज विस्तार पूर्वक योजनाएं आपकी बनती हुई नजर आएंगी और लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य भी आज आपका पूर्ण होगा परिवार में कोई मांगलिक उत्सव कोई बड़ा समारोह आयोजित होगा और उसमें आज, आज आप प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे प्रेम संबंध आज आपके बहुत मजबूत होंगे और कई जातक जो वृश्चिक राशि के हैं कोई नए प्रेम संबंधों को आज स्थापित करते हुए नजर आएंगे और कार्य संबंधी यात्राएं होगी नई नई यात्राएं आज आपकी होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास कीजिएगा कि आज के दिन हो सके तो तांबे से बनी वस्तुओं का दान आज आप लोग धर्म स्थान पर करिए और आज के दिन विष्णु सहस नाम का पाठ आपके लिए सभी मनोरथ सिद्ध करने के लिए रहेगा शुभ कलर आज आपका रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपका रहेगा ये रहेगा अंक पाँच हमारी अगली राशि आती है धनु राशि कैसा रहेगा आज का दिन लेकिन एक फोन कॉल ले, ले लेते हैं Hello? Hello? जी नमस्कार नमस्ते जी uh, निरंजन बात कर रहा हूँ बोलिए तेरह छह उन्नीस सौ अठहत्तर जी समय है छह बज के तैतीस मिनट सोरे की समय है जी स्थान है चंद्रापड़ा उड़ीसा जी आ, तो नया नया भी लगभग है है एक जॉब जॉब की कब कब तक हो नई आपको मिलेगी भाई साहब अभी नई जॉब आपको मिलेगी अक्टूबर तक ठीक है जी और प्रयास ये करिए कि पूर्णिमा का व्रत उठाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का जो है विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन एक पाठ जरूर करिए दे दे दे। तो धनुराश के जात को जीवन में आगे बढ़ने के आज आपको तमाम अवसर मिलेंगे और आज आपको अचानक से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है आज पैसा आपका बहुत ज़्यादा खर्च होता हुआ नजर आएगा घर परिवार के किसी लोगों की डिमांड पूरी करने के चक्कर में आज आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे पैतृक संपत्ति के संबंध में कुछ अतिरिक्त गतिविधि हो सकती हैं आपको बच्चों और भाई बहनों की शिक्षा व्यवसाय या नौकरी से संबंधित समाधान मिलेंगे और छात्रवर्ग आज उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं कोई एग्जाम में यदि आप जा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज आपको हताशा हाथ लगेगी और आज स्थान परिवर्तन का भी योग धनुराश के जातकों को बन रहा है पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में कुछ चिंताएं धनुराश के जातकों के रहेगी लेकिन शाम तक ये चिंताएं दूर हो जाएंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहे धनुराश के जातकों को तो धनुराश के जातकों आज आप लोग राहू के स्रोत का कम से कम तीन बार आप लोग जरूर पाठ करिए और यदि हो सके तो सूर्य नमस्कार जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा येलो शुभ अंक आपके लिए रहेगा छिफल की जो अगली राशि आती है आती है कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि जो नाम अक्षर होता है भो जा जी खी खू खा खो गा गि या चंद्र राशि है आप दोनों से देख सकते हैं तो मकर राशि के जातकों आज का दिन खुशियां लेकर के आएगा और आपको जोश से लवारिज कर देगा आज आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ स्थितियों को नियंत्रित करने में क्षम होंगे आर्थिक रूप से आज आप अधिक सुरक्षित रहेंगे किसी, तो किसी समारोह का हिस्सा भी बन सकते हैं किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द से सावधानी बरतीगा और लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है जो की आपके लिए भविष्य में मददगार साबित होगी धन संबंधी अचानक से आज आपको लाभ होगा पूर्व में किए गए जो निवेश उनसे भी आज आपको लाभ मिलेगा किसी को यदि आपने उधार दे रखा है तो आज आपको वापस मिलता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि हनुमान अष्टक का आजा आज आप लोग पाठ करिए और घर से निकलने से पूर्व घी का सेवन करके तब निकलिएगा शुभ कलर आज आपके लिए जो रहेगा ये नीला रंग रहेगा ब्लू कलर रहेगा शुभ अंक आपका रहेगा दो हमारी कुंभ राशि के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं तो आर्थिक रूप से कुंभ राशि के, के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रॉपर्टी वाहन आदि में निवेश करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर में कई बदलाव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कई चीजें आज आपको फायदेमंद साबित होती हुई नजर आएगी व्यवसायी अपनी विस्तार भरी योजनाओं को अंतिम रूप देंगे उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश पाने वाले छात्र सफल होते हुए नजर आएंगे पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा बच्चों बच्चे खुशी का स्रोत होंगे और अपने घर में आपके घर में धार्मिक कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके साथ साथ आज आप लोग किसी जो है मांगलिक उत्सव में भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कुंभ के जातकों को तो आज के समक्ष बैठ के एक सौ आठ बार गायत्री मंत्र का जाप करें और शुभ कलर जो आज आपका रहेगा ये व्हाइट रहेगा शुभ अंक रहेगा ये आपका रहेगा छे अंतिम फोन कॉल लेते हैं और इसके बाद हम अंतिम राशि बताएंगे हेलो आलो, आलो सर जी। हाँ जी बताइए सर मेरा पर जी मार्च कर रहा हूँ उन्नीस सौ इक्यानबे है, है? आ, अरे सर 91. हाँ जी टाइम बताइए सुबह हाँ जी बताइए सर मुझे बिजनेस करना है क्या नौकरी करना है ये कुछ आप बिजनेस करेंगे और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस मत करिएगा अन्यथा जो है बहुत आपको चीटिंग मिलेगी धोखा मिलेगा राहु के स्त्रोत का नित्य पाठ करिए और शिवलिंग पर नित्य गंगाजल चढ़ाइए आप जी तो दर्शकों चलिए अंतिम राशि पर चलते हैं और हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है मीन राशि तो मीन राशि के लिए सितारे क्या कहते हैं तो भाग्य आज आपका प्रबल साथ देगा एग्जाम में यदि आप जा रहे हैं उसमें आपका भाग्य साथ देगा अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं वहां पर आज आपको भाग्य का साथ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा जो भी कठिनाइया आपके जीवन में आ रही हैं, ये समाप्त होती हुई नजर आएगी आज आपके रुके हुए कार्यों में गतिशीलता आएगी वित्तीय मामले आज आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाले कोई बहुत बड़ा सौदा बहुत बड़ा डील आपको मिल सकती है, है।, है यात्राएं आज आप करते हुए नजर आएंगे पारिवारिक सदस्यों के मध्य पारस्परिक संबंध मधुर रहेंगे शादी जन्म या किसी अन्य शुभ कार्यो को घर पर आज मनाया जाएगा आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उत्तम रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा प्रयास ये करिएगा आज के दिन कि आपको पका हुआ भोजन किसी को देना रहेगा और कोई मीठा भोजन देंगे तो बेहतर रहेगा रहेगा दूसरा आपको प्रयोग करना रहेगा छोटे बच्चे को मतलब 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो इनको आपको कुछ कॉपी किताब पेन पेंसिल देना रहेगा ये जरूर करिएगा करके देखिएगा और यदि किसी एग्जाम में आज आप जा रहे हैं तो चंदन का तिलक लगाइए और लाल चंदन का तिलक लगाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा यह प्रयोग करिए और आपके लिए दिन अच्छा रहेगा शुभ कलर आज आपका रेड आपका रेड रहेगा रहेगा तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल दर्शकों यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोग देख ही रहे ऑलरेडी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबे और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जो है इसको आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर करिए कंजूसी मत करिए कुछ कमेंट पढ़ रहे हैं और प्रतिदिन हम रात्रि दस से साढ़े दस ग्यारह बजे तक लाइव होते हैं आकृति जैन जी हैं जय जिनेंद्र जी और संदीप जी हैं जय गुरुदेव जी मीनाक्षी जी हैं वॉट इज भगवा कलर प्लीज जो हमने पहना हुआ इसको भगवा कलर बोलते हैं नारंगी ऑरेंज कलर जो होता है जो सूर्य का कलर होता है इसको भगवा कलर बोलते हैं और दत्ता पवार जी हैं राम राम जी आकाश सिन्हा जी हैं राम राम जी और हैंड हैंडमेड ग्रीटिंग्स हाय और सचिन सिंह जी हैं राम राम जी सरोज कुमार जी हैं वंदना पांड्या जी हैं और मनोज जोशी जी सभी को राम राम महेश सोलंकी जी हैं राम राम जी सुनील कुमार शुक्ला सुनील कुमार शुक्ला प्रणाम गुरुजी हमें लगता है कि जो है आप लखनऊ से हैं सर जी जो है हमारा खुद प्रणाम आप स्वीकार करें शुभम मिश्रा अमेठी से हैं राम राम जी और विनोद जी हैं राम राम जी देखिए आप लोग गुरुदेव मत कहा करिए प्लीज हाथ जोड़ करके निवेदन है हम हमको मित्रवत करिए क्योंकि मित्रवत व्यवहार जो रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है सभी बंधुओं से यदि आप लोग जो है महिलाएं हैं तो बहन हुई आप हमको भैया कहा करिए हम आपको बहन कह दे और यदि आप पुरुष है तो हमारा नाम ले सकते हैं या आप जी लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप नाम से बुलाइए तो ज्यादा अच्छा है और देखिए भैया जी शुभम मिश्रा जी लिखते हैं राम राम जी और दीप्ति रंजन जी हैं राम राम जी मीनाक्षी वाजपेयी जी हैं स्नेहा यादव जी हैं नमस्कार जी आराधना सिंह जी हैं और प्रबुद्ध जी हैं प्रणाम जी सभी लोगों को देखिए राम राम ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी लोगों को ईश्वर आप सभी की मनोकामनाओं को जल्द पूर्ण करें और जो भी जो है छात्र आसंघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं हमारी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को सफल करें और सुभाषीष आप लोगों को दीजिए इजाजत और जो प्रयोग हमने बताया है आप ये लोग प्रयोग जरूर करिएगा हमारे फेसबुक पेज पर एक बार जरूर जाइए क्योंकि वहाँ पर तमाम आर्टिकल अब पढ़ने लगे हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट ने वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार